किसी भी जंग को जीतने की तैयारी एक रात में नहीं की जा सकती अगर अपना सपना पूरा करना है तो मेहनत उस दिन से ही शुरू करो जिस दिन तुमने ये सपना देखा था